हेलो दोस्तों नमस्ते और निशा की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ भैल और मार्केट से भी टेस्टी भेल बनाऊंगी फ्रेंड और मैं आपको खिलाऊंगी और भेल की रेसिपी में पूरी आपको शेयर करूंगी किस किस तरह से आप घर में भेल बना सकते हैं और मार्केट से ला नहीं लाना पड़ेगा घर में ही जब भी भूख लगे जब भी आपको बच्चों को नाश्ता देना हो हल्का फुल्का तो आप घर में भेल बना के दे सकते हैं तो मैं मुरमुरे की भील बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी टेस्टी और स्वादिष्ट भेल बना के आपको दिखाऊंगी कुरकुरी एकदम तो बने रहिए वीडियो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और निशा की कुकिंग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी आपको यही मिलती रहे तो चलते हैं किचन में दोस्तों आज बनाने जा रही हूँ मैं भैल तो भैल कैसे बनती है मैं आपको सारी रेसिपी में अच्छे से समझाऊँगी और हमें क्या क्या चाहिए उसमें वो सामान हम ले लेते हैं तो इधर ले लिए मुरमुरे ले लिए एक थाली और इसको देख लिया अच्छे से हमने साफ कर लिया और ये देखिए सफेद वाले हैं फुले फुले से तो एक थाली ये ले लिए और इधर ले ले लिए लिए मसाले मसाले में मैंने धनिया खड़ी और जीरा आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच धनिया खड़ी वाली और इधर ले लिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मिर्च पाउडर और इधर ले लिया है नमक स्वाद अनुसार नमक और ले लिया है एक प्याज एक प्याज बड़ा वाला काटेंगे तो आधा तो हमको इसमें छोक लगाएंगे और आधे को हम ऊपर से इस्तेमाल करेंगे इसलिए हमने बड़ा वाला काट लेंगे और इधर ले लिए चार मिर्च इसके छोटे छोटे टुकड़े हमको काटना है और इधर ले लिया है तेल तो फ्रेंड इनको हम काटते हैं हरी मिर्ची और प्याज को तो हरी मिर्ची और प्याज हमने काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज काट लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में हरी मिर्ची चारों को काट लिया है और चलते हैं अब चलाते हैं गैस तो गैस हमने जला ली है अब उसमें डाल देंगे हम दो बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो तेल हमारा गर्म हो रहा है और तेल गरम हो रहा उसके बाद में हमसे उसको लो फ्लेम कर लेना है तो इसमें डालेंगे आप जीरा आधा चम्मच जीरा डाल दिया और आधा चम्मच डाल दूंगी खड़ी धनिया और इनको अच्छे से फ्राई करना है धनिया और जीरे को अच्छे से फ्राई करना है तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे आप मिर्च मिर्च डाल दी हमने कटी हुई और इसमें से आधे प्याज डालेंगे और आधे बचा लेंगे तो आधे प्याज डाल दिए देखिए और हमने इतना प्याज बता दिए कटे हुए और इसको तो अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज और हरी मिर्च को सुनेरे होने तक इनको मुजेंगे और फिर मुर्मुरा की जो भेल है ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन भी जाती है तो फ्रेंड एक बार जरूर आप बना के ट्राई कीजिए जो जिम्मे बना रही हो उसी तरह से तो आप मार्केट से कभी नहीं लेके आएंगे घर में ही बना के खाएंगे जब भी बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगे या सुबह का नाश्ता बनाना हो और टाइम ना हो तो जल्दी जल्दी में क्या ये बन जाता है नाश्ता और बच्चे भी अच्छे से खाते हैं इसको तो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए और हम बड़े भी खाते हैं क्योंकि अच्छी लगती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मैं मार्केट से कभी बेल नहीं बुलवाती हूँ मैं घर में ही बच्चों को बना के देती हूँ और ये बहुत अच्छी लगती है और गैस को हम कर लेंगे अब बिल्कुल स्लो क्योंकि जो हमारे प्याज है और हरी मिर्ची जो भून चुके हैं तो हम गैस हमने स्लो कर ली और थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच और इनको अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और इनको अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें डाल देंगे हम मुरमुरा हुण और गैस को हमको स्लो रखना है बिल्कुल ही स्लो और स्लो आज पे अच्छे से इसको मिला देना है मसाला इसमें तो ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला इसमें मिल चुका है इसको अच्छे से मिलाएंगे तो ये बनके बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बन जाएगी भेल हमारी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी मध्य आँच पे हमको कुरकुरा इसको कर लेना है जलाना नहीं है रखोगे तो इससे जल जाएगा और टेस्ट पे जो डेल का है वो खराब हो जाएगा खाने में अच्छी नहीं लगती है वो तो हम इसको मध्य आंच पे थोड़ा सेक लेंगे तो अच्छे से तो ये देखिए अच्छे से कुरकुरी हो गई है और खुजरू भी आने लगी है इसमें से तो आप इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी मेरे पास धनिया रखी है वो डाल दूंगी ये देखिए धनिया डाल दी और गैस को कर देंगे हम आप बंद और ये थोड़ी सी मेरे पास सी रखी है वो इसमें डाल दूंगी तैयार तो हो गई चटपटी बैल तैयार है तो इधर प्लेट में मैं परोस होगी बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी चटपटी सी बैल बनके तैयार हो गई है और इसमें डालोगे थोड़े से प्याज ये देखिए जिसको खाना है वही प्याज डालें पहले से प्याज नहीं डालेंगे नहीं तो ये क्या नरम हो जाएगी रखी रहेगी तो जब खाना है तभी इसमें प्याज का कर इस्तेमाल करेंगे ऊपर से सेव डालूंगी तो ये देखिए मस्त मेल बन गई ये बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी तो फ्रेंड बनके हमारी बैल तैयार हो गई है ये देखिए कलर भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो एक बार आप जरूर बनाइएगा और वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और निशा की कुकिंग में नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए कर लीजिए चैनल को ताकि नई नई रेसिपी आपको यूँ ही मिलती रहे और मिलती वो नई सी रेसिपी में बाय